पार्टी हो रही बहुत भयंकर पार्टी के गजब नजारे दिक्कत है बस एक बात की गांव में कैताउ गे करवाड़ी छोरी ने यू गोद का चेहरा रखी है एक खत्म ना हो रही इससे दूसरी मंगवा रखी है नाचे दे